इस दुनिया में प्रायः सभी व्यक्तियों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है किसी का चेहरा देखकर कर यह पता लगाना कि उसका स्वभाव किस प्रकार का होगा बहुत कठिन होता है परंतु दर्शकों यदि हम उस व्यक्ति की राशि जान लें तो उसके स्वभाव एवं व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं दर्शकों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपकी भी राशि मिथुन है या आपका लग्न मिथुन है या नामाक्षर आपका मिथुन राशि पर आ रहा है तो आपका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होगा साथ ही मिथुन राशि के व्यक्तित्व के जो उपास्य देवता हैं इनके लिए जो इनके अनुकूल अंक हैं इनकी शत्रु राशियाँ कौन सी है इनकी मित्र राशियाँ कौन सी हैं मूलांक आदि कौन सा है इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों के जो लाइफ टाइम होने वाले जो प्रयोग हैं वो भी आज हम बताएँगे और दर्शकों इसमें बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं मित्र के रूप में कैसे सिद्ध होते हैं पिता के रूप में माता के रूप में कि कितने सफल होते हैं इनके प्रेमी जीवन और दांपत्य जीवन किस प्रकार का रहता है इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे तो दर्शकों बने का हमारे साथ अंत तक आगे बने उससे पहले आप लोगों से अपील करना चाहते हैं यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए तो देखिए दर्शकों जो मिथुन राशि है इसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध स्त्री प्रधान जो है पुरुष युगल राशि है वायु तत्व की राशि मिथुन राशि की जो दिशा है दर्शकों ये पश्चिम दिशा की ओर जो है हो है जाति शूद्र है और इसका जो स्वभाव है स्वभाव सुभा, है मतलब दोहरा चरित्र है मतलब कि मिथुन राशि के जातकों से यदि आप जब भी मिलेंगे तो वो ऊपर से कुछ और दिखेंगे अंदर से कुछ और दिखेंगे काल पुरुष के यदि हम अंग की बात करें तो जो शोल्डर होता है कंधा होता है ये प्रदर्शित करता है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा शुभ दिवस होते हैं ये बुधवार और शुक्रवार आपके लिए सर्वाधिक शुभ दिवस होते हैं आपका जो जेम होता है ये पन्ना होता है रंग जो आपके लिए शुभ होता है ये ग्रीन कलर होता है और उपास्य देव जो होते हैं ये मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु और गणेश जी होते हैं ये आपकी कुंडली देख करके देखिए जो है पता जो है चलेगा कि आप किस देवी देवता की उपासना करें नामाक्षर की यदि हम बात करें तो देखिए का की मृगशिरा नक्षत्र के दो चरण इसके बाद आद्रा नक्षत्र के जो है चारों चरण कू घा अड़ा और छा और पुनर्वसु के तीन चरण के को हा इनसे मिल करके मिथुन राशि का जो है निर्माण होता है तो दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों का वो जो है नेचर कैसा होता है अब इस पर हम चर्चा करते हैं तो दर्शकों देखिए यदि आपके नाम का प्रथम अक्षर जो हमने बताया उसमें से है या आपकी जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस घर में बैठे हैं वो चीज़ आ रही है तो आपकी राशि मिथुन है आपकी राशि का स्वामी दर्शकों जो ग्रह है ये बुद्ध ग्रह है तथा बुद्ध की जो दूसरी राशि होती है ये कन्या राशि होती है और यही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आकाश में एक अधिक व एक कम प्रकाशमान तारों के संयोग से मिथुन राशि का निर्माण होता है इसके साथ साथ पृथ्वी पृथ्वी की यदि हम बात करें तो आप विश्वत रेखा से चौबीस डिग्री उत्तर की ओर इसकी स्थिति साफ साफ नजर आती है राशि चक्र की ये तीसरी राशि है 60 से अस्सी अंश देशांतर के मध्य में स्थित है इस राशि पर दर्शकों मंगल राहू बृहस्पति के नक्षत्रों का के कारण इसका प्रभाव रहता है आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सहनशीलता अपनी स्वाभाविक बुद्धिमता व स्वानुकूल बना लेने की क्षमता रखते हैं मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ये परिस्थितियों में ढलना अपने आप को जो है तुरंत ढाल लेते हैं स्वभाव से ये कठोर होते हैं घोर परिश्रमी होते हैं और इनका जो परिश्रम चलता है ना ये शारीरिक कम होता है और मानसिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं स्वकार्य दक्ष व चतुर तथा जीवन की अद्भुत क्षमता आप रखते हैं जीवन की प्रारंभ कठिनाइयों से विपत्तियों से बाधाओं और अड़चनों से होता है और अपनी बुद्धि क्षमता के कौशल पर उन सभी बाधाओं को पार करके आप विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं जीवन के प्रारंभ के जो 23 वर्ष तक रहता है समय आप लोगों का तो ये खूब संघर्षमय समय रहता है बहुत ही ज़्यादा आप लोग स्ट्रगल करते हैं तमाम ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं जो कि अन्य राशि वाले नहीं निकलते हैं इन्हीं संघर्षों में तप आप लोग जो है स्वर्ण बनते हैं इसके साथ साथ दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग कल्पनातीत उन्नति आगे चल करके करते हैं जो आप लोग सोचते हैं आगे चल के आपके सपने साकार होते हैं आप परिश्रमी हैं और इसी प्रारंभिक काल के अनुभव आपके जीवन में काम आएंगे अभाव से लड़ते जूझते गिरते उतते अनंतता आप मित्य व्ययी बन जाते हैं पैसों का मूल्य आपने भली प्रकार से समझा हुआ है इस कारण जो पैसा होता है इसको आप लोग बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं इन्वेस्ट करते हैं और गहरी आवश्यकता पड़ने पर ही आप पैसों को बाहर निकालते हैं धीरे धीरे जीवन की अंतिम अवस्था तक आप लोग पैसे का जो है संग्रह है ये बहुत बड़ी मात्रा में आप लोग कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों जो हैं कष्ट सहिष्णु एवं कठोर जो है ये अवश्य रहते हैं लेकिन प्राकृतिक रूप से आप पराक्रमी यश प्रतिष्ठा के प्रतीक एवं बुद्धिमानी साहस व उत्साह का आप लोग जो है प्रतिबिंब हैं चूंकि दर्शकों विषम राशि है इसका स्वामी ग्रह बुद्ध सौरमंडल में जो है दूत या इसको कह लें युराज है मतलब जवान दिखने वाला है जो कि कभी बूढ़ा ही नहीं होता है द्विस्वभाव राशि अर्थात चर और स्थिर राशियों के गुण से मिश्रित है आपके अंदर चर राशि के भी गुण होंगे और स्थिर राशियों के भी गुण होंगे मिथुन राशि पुल्लिंग भौतिकता से हरा रंग इनके प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व में रहता है वायु तत्व प्रधान हरियाली सूचक सम स्वभाव शूद्र वर्ण भूरे मटमैले वर्ण युक्त रात्रि बलि सामान्य गौरवपूर्ण मध्यम संतान युक्त शिथिल युक्त पश्चिम दिशा की स्वामी का जो है घोतक मिथुन राशि है आपकी राशि वाले जो लोग होते हैं उदात वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं आपके सामने यदि आप किसी पुलिस प्रशासन में उच्च अधिकारी के पद पे हैं और आपके सामने यदि कोई अपना दुख लेकर के आता है तो आपसे वो दुख देखा नहीं जाता है दूसरे के दुख को अपना दुख आप लोग समझते हैं मिथुन राशि का जो निवास स्थान होता है ये पश्चिम दिशा में होता है और Uh, क्या कहते हैं अधिकतर हम आप लोगों को बताएं जो कैफे होते हैं रेस्ट्रां होते हैं पर्यटन केंद्र होते हैं जो ग्लेशियर होते हैं जो uh, स्पोर्ट्स हाउस होते हैं uh, या सागर तट कह तो इन सभी चीज़ों पर इनका आधिपत्य रहता है इनका मिथुन राशि के जो है मतलब जातकों का अधिकार रहता है या यूं कह लें कि इनसे संबंधित ये बिजनेस करते हैं इसके साथ साथ दर्शकों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जीवन भर जो संघर्ष करने के कारण आप लोग बातचीत की कला में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो जाते हैं तुरंत ही अपनी बातों से आप किसी को भी मोहित कर लेते हैं आपके अंदर मिलन क्षारता का गुण और राशियों की अपेक्षा बहुत अधिक है सामाजिक कार्यों में आपको पर्याप्त सफलता मिलती है एक और तो दूसरी ओर यदा कदा राक्षसी भाव भी मिथुन राशि के के जातकों अंदर जाग उठता है। आप जितने अच्छे मित्र हैं उतने ही भीषण शत्रु भी हैं आपका यह दोहरा जीवन सदैव आपको व्यस्त रखता है वही यह चीज घातक भी है गतिशीलता मिथुन राशि के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता होती है बेकार रहना अच्छा नहीं लगता है मिथुन राशि के जातकों को आप लोग एक यथार्थवादी जीवन जीते हैं अपना जीवन आप जो है क्या कहते हैं सादगी से जीना पसंद करते हैं परामर्श देने पर भी आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा लाख आपको कोई कह ले कि बेटा ये काम करो या आप ये काम करो आपके बॉस भी कह लें कि नहीं आपको ये काम करना है लेकिन आपका मन नहीं मानेगा जो सही होगा वही आप काम करेंगे जीवन पूरा रचनात्मक व क्रियात्मक मिथुन राशि के जातकों का रहता है और कल्पनाशील में ये बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं व्यक्तित्व तो की यदि हम बात करें आप लोगों के मिथुन राशि के जातकों के तो ये लोग बुडवान होते हैं बहुत ही जल्दी उत्सुक होते हैं उतावले होते हैं परिश्रमी होते हैं कलात्मक होते हैं चंचल व विरोधी चतुर चपल प्रसन्न व उत्साह से परिपूर्ण होते हैं आपके अंदर यदि हम श्रेष्ठ गुण की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आप चतुर तथा मनोहर होते हैं बहुत चपल होते हैं बुद्धिमान होते हैं कूटनीतिज्ञ होते हैं शब्दों के जाल में ऐसा आप लोग दूसरों को फंसा लेते हैं कि वो आपसे फिर जो है अनायास ही जो है आकर्षित हो जाता है यदि हम आपके अवगुण की बात करें देखिए ये जो हम आपको जो है दो सत्य तथ्य बता रहे हैं इसमें गुण अवगुण आपके व्यक्तित्व ये सभी चीज़ों को हम लाएंगे तो अवगुण की यदि हम बात करें तो देखिए आप लोगों को स्वच्छता नहीं पसंद है पहली चीज़ दूसरा आप लोग लापरवाह बहुत बड़े हैं दूसरा आप लोग उदासीन हैं कठोर हैं निष्ठुर हैं वह कठोर हृदयी हैं आपके जीवन में यदि आपके नज़रों से कोई गिर गया तो दोबारा वो नहीं चढ़ सकता है तो ये आपके अंदर एक अवगुण है।, है यदि हम बात करें एक मित्र के रूप में मिथुन राशि के जातकों का व्यक्तिगत समीकरण क्या है तो आप प्रेम के बदले प्रेम व स्नेह देते हैं तथा थोड़ी सी ही तारीफ में आप लोग बहुत जल्दी पसंद हो जाते हैं आप एक अच्छे और सच्चे दोस्त हैं परंतु कई बार आप ये अनुभव करते हैं कि दूसरे आपसे इतना अधिक स्नेह नहीं करते हैं एक पिता के रूप में यदि हम मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आप अपने बच्चों का सम्मान प्राप्त करेंगे व पीढ़ी अंतर आपके आड़े कभी नहीं आ सकेगा उनके कंधों से कंधा मिलाकर चलेंगे टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा होगा एक पिता के रूप में आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे तथा उनके विकास के सारे अवसर आप लोग उपलब्ध कराएँगे कई बार आप लोग उनके निर्णयों में भी हस्तक्षेप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग अपने बुजुर्ग होने का गलत इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा और बच्चों को थोड़ा सा स्वच्छंद कर दें निर्णय लेने के लिए यदि आप मिथुन राशि की हैं और फीमेल हैं तो एक माता के रूप में जो आपका चरित्र होता है ये समय के साथ स्वयं में परिवर्तन लाता है आप घर एवं परिवार में अच्छा सामंजस्य रखती हैं आप अपने बच्चों से जरूरत से ज़्यादा ही अपेक्षा करती हैं यदि हम मिथुन राशि के जातकों के प्रेम रहस्य की बात करें तो जो मिथुन राशि के जातक हैं इनका जो प्रेम संबंध होता है कई लोगों से रहता है एक से छूटेगा दूसरे से होगा दूसरे से छोटेगा तीसरे से होगा संपर्कों एवं अनेक विवाहों के कारण जाने जाते हैं बहु विवाह होते हैं मतलब इनकी जो है यदि जनपत्री देखी जाए तो कायदे से कहीं ना कहीं किसी किसी कुंडली में दिभारिया योग भी निकल करके आता है आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि विवाह एक खेल नहीं है एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप लोग उठाइए आप दिलों के साथ खेलना बाखूबी समझते हैं तथा दिलों को तोड़ने में भी मिथुन राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं आप किसी एक के साथ बंधकर नहीं रह सकते हैं तथा आप हर किसी पर अपना जो है प्रभुत्व जो है जमाना चाहते हैं उनके ऊपर अपना निगाह जमाना चाहते हैं आप ये नहीं माने कि शादी का अर्थ एक सुखी परिवार घर बच्चे या एक निश्चित आमदनी है परंतु आपको इस पर पुनर्विचार करना होगा ताकि आपको वैवाहिक सुख प्राप्त हो सके शादी से आपको देखिए कुछ जीवनसाथी के साथ अनकंफर्ट आप लोग फील कर सकते हैं बेशक आप अपनी पत्नी या पति या बच्चों या ससुराल वालों से जो है क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो है सामंजस्य स्थापित करने में डिले होता है लेकिन यदि आप लोग अपने मन पर अंकुश कर लें और थोड़ा सा जो स्वार्थ है इसको यदि आप दूर कर दें तो आप लोग बहुत अच्छे एक क्या कहते हैं प्रेमी साबित हो परिवार को चलाने वाले साबित हों आप बहुत अच्छी मां बन सकती हैं इसलिए देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि ताली खास से नहीं बचती है तो विश्वसनीय जीवन साथी की सबको जरूरत होती है इसलिए हम आपको राय देना चाहते हैं कि आपके लिए तुला राशि के जा जातक धनु कुंभ सिंह व मेत राशि के जो व्यक्ति होते हैं कन्या राशि के जो व्यक्ति होते हैं ये आपके लिए उत्तम रहते हैं तो मिथुन राशि के जातकों यदि हम आप लोगों के कारोबार और रोजगार की बात करें तो देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की यदि आप जॉब कर रहे हैं और बुद्ध आपकी कुंडली में उच्च के हैं कर्म के क्षेत्र में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो आप लोग आईआरएस बन सकते हैं मतलब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आप लोग जा सकते हैं स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम में आप लोग जो है अकाउंट से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं एमबीए वगैरह करके आप लोग किसी अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों जो भी जो है वित्त का मामला होगा इसमें आप लोगों का जो है बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे आप लोग सी हो सकते हैं अकाउंटेंट आप लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं बहुत अच्छे टैक्स के जो है वकील हो सकते हैं जी के आप लोग जो है वकील हो सकते हैं दूसरा दर्शकों को बताना चाहेंगे यदि हम व्यापार क्षेत्र की बात करें तो आप लोगों का जो व्यापार रहेगा ये खास करके जो है आप लोग अगर सीए हैं बहुत बड़े जो है उसके तो आपके अंडर में लोग कार्य करेंगे बहुत अच्छे वक्ता बहुत अच्छे वकील भी आप लोग हो सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे आप लोग बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़े में संतोष बिल्कुल भी नहीं होता बिजनेस आपका किस चित्र का किस क्षेत्र का होगा तो देखिए कपड़ों से रिलेटेड हो सकता है फूड से हो सकता है कोई बड़ा चैन आप लोग फूड से रिलेटेड चला सकते हैं मैनेजमेंट से संबंधित आपका कोई चयन हो सकता है सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड आप जो है कोई चयन चला सकते हैं तो ये सब जो विषय है ये आपके नौकरी के विषय हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम मिथुन राशि के जात को आप लोग बताइए उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए लेकिन जाते जाते अब हम आपको उपाय बताते जाते हैं देखिए सबसे पहले तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के यदि पन्ना ओपिल या नीलम कुछ धारण करना हो तो एक बार अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा श्री मंत्र का मानसिक रूप से प्रतिदिन जाप जरूर करिएगा सुबह यदि आप जो है बहुत जल्दी उठ जाएँ तो बेटर रहेगा और थोड़ी देर आपको भ्रामरी प्राणायाम करना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चूँकि आपके जो है गणपति देव इष्ट देव रहेंगे तो गणपति अथर्थ का पाठ सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा इसके बाद भी यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा बुधवार वाले दिन गणेश जी को एक मीठा पान अर्पित करिए आपके मार्ग में जो भी बाधाएँ आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी माता पिता के गुरु के पैर छु करके आपको आशीर्वाद लेना रहेगा तो दर्शकों ये तो था देखिए मिथुन राशि के जो है व्यक्तित्व के बारे में उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा यदि तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए मिलते हैं अपने नए वीडियो में दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार